कहा है कृष्णा तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गए अर। अरे बेरा है भगत हमने तेरी उडार गित्वी है दे उड़े। परिंदा है तू। हथे बर्बाद होएगा।